आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान में बनाया गया था इस वायरस को दो भाइयों ने उन्नीस में मिलकर बनाया था और इस वायरस का नाम ब्रैन वायरस था ये वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के जरिए फैलता था इस वायरस का मेन सेंटर लाहौर में था और मैं आपको बता दू की ये वायरस इतना फैला की इसने कुछ ही समय में पूरी दुनिया के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में घुस चुका था वायरस बनाने वाले दोनों इंजीनियर पाकिस्तान में एक टेलीकॉम और एक आई कंपनी चलाते हैं ऐसी अमेजिंग फैक्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो